ध्रुव के मुंह से निकली वो तेज तर्रार दहाड़ सीधे ध्रुव के कानों में पड़ी और तभी वो दहाड़ उसके दिमाग में गूंजते हुए अचानक से कांपने लगी इसके साथ ही ध्रुव मनी मन थोड़ा खुश हो गया क्योंकि उसे ऐसी दहाड़ की ही तलाश थी। वहीं ध्रुव ने आंख बंद करते हुए महसूस किया कि कर उसके दिमाग में बसी एक बड़ी दहाड़ से मिलने लगी उसके बाद वो दोनों दहाड़ मिलकर एक चांदी के रंग की आवाज में बदलने लगी फिर जैसी वो चांदी के रंग की आवाज तैयार हुई तो अचानक से ध्रुव वापस होश में आया और उसने तुरंत अपनी आंखें खोली इस दौरान उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी जिसके साथ उसने गहरी सांस ली वहीं गहरी सांस लेते वक्त ध्रुव के शरीर में, में, में रहस्यमय से महसूस हुआ जैसे कोई बहुत ताकतवर शक्ति उसके गले से बाहर निकलना चाह रही हो इस शक्ति की वजह से ध्रुव ने तुरंत अपना मुंह खोलते हुए एक और दहाड़ लगाई ऐसा करते हुए ध्रुव का पूरा चेहरा लाल हो गया और वो फिलहाल अपने हाथों से एक सील बना रहा था तभी ध्रुव के मुंह से निकली वो हुई गरतीमाका झरने के पास एक पचास फीट ऊंची लहर भी उठने लगी जो आगे आते हुए सीधे चट्टानों से जाकर टकराई वही उस बड़ी सी लहर के टकराते ही उससे निकली छीटे आसपास के इलाके में फैल गई इसके साथ ही वो इलाका कोहरे से ढका हुआ दिखाई देने लगा सिर्फ इतना ही नहीं ध्रुव की तेज तर्र दहाड़ तकरीबन पांच किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी और जहां से भी वो दहाड़ गुजरती तो एक के बाद एक तिलस्मी जानवर खुद को अचानक से कमजोर महसूस करने लगते यहां तक कि कुछ ताकतवर तिलस्मी जानवरों की रूह तक कांपने लगी और इन सभी के पीछे वो ड्रैगन की शक्ति थी जो ध्रुव की दहाड़ से बाहर निकली थी ध्रुव को खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी एक दहाड़ इतनी ज्यादा खतरनाक हो सकती थी फिर कुछ पलों तक उस इलाके में गूंजते रहने के बाद वो आवाज धीरे धीरे कम होने लगी इसके साथ ही उस जगह पर कोहरे की जो चादर चढ़ गई थी वो भी धीरे धीरे गायब होती हुई नजर आई इस दौरान ध्रुव एक बड़े से पत्थर पर बैठ गया इलाका टूट फूट गया था इसके तुरंत बाद ध्रुव को एक खांसी आ गई और फिर उसने खुश होते हुए कहा क्या मैं कामयाब हुआ क्या यही है शेर की दहाड़ की असली ताकत क्योंकि अगर यही इसकी ताकत है फिर तो ये तकनीक वाकई बहुत खतरनाक है इस पर ध्रुव को अंगूठी में से आचार्य विदुर की आवाज सुनाई दी तुम्हारे ऊपर सच में ऊपर वाले का हाथ है ध्रुव मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने महज दो दिनों में इस तकनीक को अच्छी तरह सीख लिया सच कहूं तो आमतौर पर ये मुकाम करने के लिए लोगों को कम से कम चार से पांच महीने तो लग ही जाते हैं वैसे तो तुमने अपने आप को शांत करके उस चीज का पूरा फायदा उठाया जिससे तुम्हारी शक्तियां और तुम्हारी दहाड़ एक दूसरे से मिल गई मगर जितनी रफ्तार से तुमने ये किया वो सच में काबिल तारीफ है वही आचार्य विदुर की आवाज में झलकती हैरानी को महसूस कर ध्रुव मुस्कुराने लगा शायद बात है कि उसने भी उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह खुद को शांत करने से वो ऐसा मुकाम हासिल करने में कामयाब होगा खुश हो ही रहा था की अचानक ऐसी आचार्य विदुर की आवाज सुनाई पड़ी लेकिन ध्रुव अभी वक्त ज्यादा खुश होने का नहीं है अभी तो तुमने शेर की दहाड़ को बस सीखा ही है और कायदे से फिलहाल तुम जिस ताकत ऐसी इसका इस्तेमाल कर पा रहे हो वो इसकी काबिलियत का महज तीस ऐसी चालीस प्रतिशत होगा इसलिए अगर तुम इस तकनीक को लगातार प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर तो तुम इसकी असली ताकत तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे और, तो और, और की हड्डियों की चटकने की आवाज सुनी ध्रुव जानता था की फिलहाल उसने शेर की दहाड़ तकनीक पर महारत हासिल नहीं की थी लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि वो अंदरूनी हिस्से में जाने से पहले कम से कम ये तकनीक सीख तो गया था वही ध्रुव को समझाते हुए आचार्य ने आगे कहा अगर तुम इस बात को समझ रहे हो तो अच्छा है एक मिनट लगता है कोई यहाँ आ रहा है मैं जल्द से जल्द गायब होता हूं इतना कहकर आचार्य इस तरह गायब हुए कि ध्रुव को एक बार फिर अपनी अंगूठी हल्की महसूस होने लगी फिर ध्रुव ने अपने कपड़ों पर आए पानी को साफ करते हुए अकेडमी की तरफ नजर घुमाई तभी ध्रुव को देखा कि रास्ते पर बने पेड़ जरा हिलने लगे थे और उसके बीच से एक हरे रंग के कपड़े पहनी लड़की चलकर आ रही थी उसके अगले पल ध्रुव ने देखा कि वो लड़की झील के बगल में आकर खड़ी हो गई जिसे देखकर ध्रुव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई गौर करने वाली बात थी कि पिछले दो दिनों में ध्रुव ने अच्छी तरह आराम तक नहीं किया था लेकिन बीत गए आज हमें अंदरूनी हिस्से में जाना होगा तुम इसके लिए तैयार होना वही इरा का सवाल सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया उसके बाद उसने अपनी पीठ पर टंगी काली तलवार को हौले से थपथपाते हुए वापस रक्ष अकेडमी की तरफ रुक किया इस दौरान ध्रुव एक काली परछाई में बदलकर तेजी से एकेडमी की तरफ बढ़ने लगा रंग की रास्ते में जंगलों में से गुजरते हुए खुद से कहादे जुड़ी हुई है इस हिस्से से और मेरी कोशिश यही रहेगी की मैं वहां से खाली हाथ ना लौटू उसके बाद ध्रुव और इरा अकेडमी के उस हिस्से में पहुंचे जहाँ छोटे हेडमास्टर याको का कमरा था फिर जैसे ही वो दोनों वहां पहुंचे तो उन्हें दिखा कि पहले से ही बहुत सारे लोग वहां खड़े थे ये लोग बहुत से गुटों में बांट दिए गए थे और हर कोई एक दूसरे से मुस्कुराते हुए बात कर रहा था इन सभी में अगर कोई गुट सबसे बड़े थे तो वो थे ईशान बिजौरा और लीजा के गुट वहीं ध्रुव और जैसे ही उस जगह पर पहुंचे तो वहां होता शोर अचानक से खामोशी में बदल गया सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग ध्रुव औररा को इजत भरी निगाहों से देख रहे थे जाहिर सी बात है कि कुछ दिनों पहले फाइनल एग्जाम के आखिरी राउंड में ध्रुव ने इतनी बेरहमी दिखाई थी कि बहुत से स्टूडेंट्स उससे खौफ खाने लगे थे जबकि ध्रुव अकेला उस मुकाबले में टिका था और उसके सामने तीन ताकतवर महादक्ष खड़े थे यही वजह थी कि फिलहाल उसका नाम ईशान बिजौर और लीजा से काफी ज्यादा मशहूर हो चुका था और साथ ही उसे सभी बहुत ज्यादा ताकतवर भी मानने लगे थे ताजुब की बात तो ये थी कि यह सब कुछ हो गया था ध्रुव के अकेडमी में आने के महज आधे महीने के अंदर अंदर इतने मिध्र बोरसीधे चलते हुए सबसे आगे आकर खड़े हो गए और ईशान को, को छोड़कर अपना के मुकाबले काफी हो चुके थे इसके पीछे की वजह शायद यांको के कहे लव्स थे जिन पर गौर करने पर सभी ने उनकी बात को अच्छी तरह समझा वो लोग समझ गए थे कि अंदरूनी हिस्सा एक ऐसी जगह थी जहां ढेर सारे ताकतवर लोग मौजूद थे इसलिए वहां अगर सभी एक साथ नहीं हुए तो सभी के लिए वो जगह बड़ी मुश्किल भरी हो जाती वैसे तो नहीं थे मैदान लोगों से भरा हुआ था और सभी स्टूडेंट के दिल में एक जज्बा था बाहरी हिस्से के सबसे ताकतवर स्टूडेंट्स बनकर अंदरूनी हिस्से में जाने का सभी जानते थे कि अंदरूनी हिस्से में ट्रेनिंग करना एक ऐसा मुकाम था जिसे हर कोई हासिल नहीं कर पाता वराके उस मैदान पर आने के तकरीबन 10 मिनट बाद याको के कमरे का दरवाजा खुला फिर सभी ने देखा कि वहां से छोटे हेडमास्टर याको के साथ साथ कुछ और बुजुर्ग भी बाहर आते हुए दिखाई दे रहे थे और जैसे ही सभी बुजुर्गों ने मैदान में मौजूद सभी लोगों को देखा तो स्टूडेंट्स के बीच होती फुसफुसाहट अचानक से खामोशी में बदल गई इतने में यांको ने अपनी नजर घुमाते हुए वहां मौजूद पचास स्टूडेंट्स को गौर से देखा फिर जब उन्हें यकीन हो गया कि कोई भी स्टूडेंट वहां से लापता नहीं था तो उन्होंने एक चैन की सांस ली इसके बाद उन्होंने एक कदम आगे आकर सभी स्टूडेंट्स से मुखातिब होते हुए कहा स्टूडेंट्स आखिर वो दिन आ गया जिसका आप सभी को इतनी बेसब्री से इंतजार था आज आप सभी एकेडमी के अंदरूनी हिस्से में जाएंगे सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि आप सभी की कड़ी ट्रेनिंग रंग लाई वैसे तो मुझे लगता है कि अंदरूनी हिस्से की ट्रेनिंग शायद आप में से बहुत लोगों को पसंद ना आए लेकिन एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं और वो ये है कि अंदर की ट्रेनिंग हासिल करके आप लोग इतने काबिल हो जाएंगे जिसके बारे में आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते और मैं उस हिस्से की बढ़ाई नहीं कर रहा हूं बल्कि सच कह रहा हूं अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो साल भर अंदरूनी हिस्से में गुजार कर खुद ही देख लीजिएगा मेरे ख्याल से आप में से कुछ लोग अंदरूनी हिस्से के कुछ स्टूडेंट्स को तो जानते ही होंगे आखिर वो लोग भी छुट्टी मिलने पर वहां से बाहर तो आते ही हैं। इसलिए आप लोगों को अंदाजा होगा कि वो स्टूडेंट्स अंदर जाते वक्त कितने ताकतवर थे और जब वो बाहर आए तो वो कितने ज्यादा ताकतवर हो गए वहीं की बात सुनकर कुछ स्टूडेंट्स अपना सिर हिलाने लगे जाहिर सी बात है कि ये स्टूडेंट्स अंदरूनी हिस्से के कुछ स्टूडेंट से मिले थे और इसलिए याको की बात को अच्छे से समझ पा रहे थे लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स को तो कोई अंदाजा ही नहीं था कि कोई अंदरूनी हिस्से में जाकर कितना ज़्यादा ताकतवर हो सकता था इसलिए की बात सुनकर सभी के चेहरों पर उत्साह और एक अलग सी खुशी दिखाई देने लगी सभी स्टूडेंट्स अपनी आंखों में ताकतवर बनने के सपने को लेकर आए थे और इसलिए सभी इस उम्मीद में थे कि अंदर जाकर वो इतने ताकतवर हो जाएंगे की अपने दल और अपने परिवारों की अच्छी तरह सुरक्षा कर पाएंगे शायद यही वजह थी कि सभी स्टूडेंट्स रक्ष अकेडमी के अंदरूनी हिस्से की कड़ी ट्रेनिंग के लिए पूरी तरह से तैयार थे इतने में यहां ने मुस्कुराते हुए सभी से आगे कहा अंदरूनी हिस्सा एकेडमी का एक स्तंभ है और क्योंकि हम उस हिस्से को बाहरी स्टूडेंट्स और सभी टीचर्स से एक राखते है लेकर जाएंगे इतना कहकर याको ने अपनी नजर नीले आसमान की तरफ घुमाई जहाँ इस वक्त तकरीबन दस परछाइया दिखाई दे रही थी फिर एक पल बाद वो परछाइयाँ नीचे आने लगी और सभी स्टूडेंट्स ने देखा की वो हकीकत में दस बहुत बड़े चील थे और फिर जैसे ही वो सभी चील पंख पंखाते फर हुए के लगे, तो इस जगह से बहुत ज्यादा दूर है तभी याको ने अपना हाथ लहराते हुए इशारा किया जिसके बाद सभी चील धीरे धीरे जमीन पर आकर बैठ गए और उनके वहां आते ही सभी ने देखा की चीलों के ऊपर दो लोग बैठे हुए थे जो चीलों को काबू करने का काम कर रहे थे इतने में याको ने मुस्कुराते हुए चील की तरफ इशारा किया चलो तो फिर इंतजार किस बात का है सभी स्टूडेंट्स प्लीज इस खास चील पर बैठ जाएं। ध्यान रहे, हर चील पर सिर्फ पांच ही स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं वही आंको की बात सुनते ही मैदान में खड़े सभी स्टूडेंट्स चीलों की तरफ पलट गए उसके बाद हड़बड़ाते हुए सभी लोग चीलों के ऊपर बैठने के लिए भागने लगे जाहिर सी बात है की शायद किसी ने भी आज तक ऐसे खास चीलों की सवारी नहीं की थी जिस वजह से उनकी आंखों में एक बेसबरी साफ दिखाई दे रही थी लेकिन उस चील पर बैठना इतना आसान नहीं था इसलिए कुछ स्टूडेंट्स उस पर चढ़ते हुए सीधे धड़ाम से नीचे गिर गए तभी ऐसे स्टूडेंट्स को देखकर यांको ने हंसते हुए इस चील पर बैठने की जगह बनी हुई है चुपचाप उस पर जाकर बैठो चील की पीठ पर खड़ा होना इतना आसान नहीं है और तो और ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो महादक्ष रैंक के योद्धा है इतना कहकर यांको ध्रुव और बाकियों की तरफ मुड़े और फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, एक, एक, एक, एक साथ बैठाने के बारे में सोचेंगे और यही हाल बाकी का भी था लेकिन फिर बाकी सभी अपना सिर हिलाते हुए इस बात के लिए राजी हो गए तभी ध्रुव ने इरा से मुस्कुराते हुए कहा चलो इरा देखते हैं कौन पहले ऊपर पहुंचता है इतना कहकर ध्रुव तुरंत एक परछाई में बदलते हुए कुछ ही पलों में सीधे चील की पीठ पर पहुंच गया वही ध्रुव को इतनी जल्दी चील की पर जाते हुए बिल्कुल भी आसान नहीं था और यही वजह थी की उनकी आंखों में ध्रुव के लिए इज्जत और ज्यादा दिखाई देने लगी आखिर कहा है रक्ष अकेडमी का अंदरूनी हिस्सा और रास्ते में क्या क्या होने वाला है ध्रुव के साथ जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योदा